वेल डियर स्टूडेंट्स वी शैल कंप्लीट द रिमेनिंग टू रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश दैट इज चिनाब एंड यमुना चिनाब की अगर हम सबसे पहले बात करें ऋग्वेद में चिनाब को असीकनी के नाम से पुकारा गया है जिसका अर्थ होता है काले रंग का जल धारण करने वाले बाद के ग्रंथों में इसे इस्कामती भी कहा गया और अथर्वेद में कृष्णा के नाम से भी इसे पुकारा गया महाभारत में इसे चंद्रभागा के नाम से उल्लेखित किया गया और यूनानियों ने इसे सेंड्रोफेगस सैंडाभागा और कैंटब्रा के नाम से पुकारा अलवरूनी ने ही सर्वप्रथम इसे चिनाब के रूप में उल्लेखित किया और हिमाचल में इसकी कुल लंबाई 122 किलोमीटर है और लंबाई के हिसाब से हिमाचल की चौथी लंबी नदी है उद्भव की अगर हम बात करें तो इसका उद्भव बारालचा दर्रे से होता है और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित बारालचा दर्रा है और हिमाचल की सबसे उत्तरतम नदी है ये आप मैप में यहाँ देख रहे हैं हिमाचल का मैप है यहाँ पर लाहौल स्पीति देखिए यहाँ से बार दर्रे से इसका उद्भव होता है और लाहौल स्पीति तथा जो चंबा है ये दो ही जिले हैं जिनसे होकर के चिनाब नदी गुजरती है लाहौल स्पीति जिले में स्थित चंद्रताल झील जो कि 4866 मीटर ऊंचाई पर स्थित है वहाँ से चंद्रा नदी और सूरज ताल झील जो कि 4,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है वहाँ से भागा नदी निकलती है और दोनों का संगम तांदी नामक स्थान पर होता है उसके बाद ही चंद्रभागा नदी का उद्वह होता है, है। यह कैलांग के दक्षिण में स्थित है यहाँ पर देखिए ये लाहौल स्पीति है यहाँ पर जो मैं आपको कह रहा हूँ कि चंद्रा और जो सूरज चंद्रताल और सूरज ताल दो झीलें हैं वहाँ से ये तादी नामक स्थान पर दोनों मिलती हैं और उसके पश्चात ही चंद्र भागा नदी का उद्भव होता है सूरजताल और चंद्रताल का जल विभाजन भी बारलचा दरे द्वारा ही होता है लाहौल में चंद्रा को रगोली और भागा को गारा कहा जाता है स्थानीय भाषा में चंबा में थिरोट के समीप भुजंद नामक स्थान पर ये प्रवेश करती है ये चंबा है यहाँ पर थिरोट नामक स्थान पर जो है वो प्रवेश करती हैं ये नदी और संसारी नाले के समीप नदी जम्मू में प्रवेश करती है जम्मू में यहाँ पर ये चंबा से जो नेक्स्ट अगला जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वहाँ पर संसारी नाला है वहाँ पर यह प्रवेश करती है ग्रीक इतिहासकारों ने इसे अकेसनीज के नाम से पुकारा है और यह हिमाचल के केवल दो जिले लाहौल स्पीति और चंबा में ही बहती है लाहौल स्पीति हैं और ये चंबा है इन दो ज़िलों में ही जो है चिनाब नदी बहती है प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें तो तीन मेगावाट हैं और विद्युत उत्पादन की क्षमता के अनुसार यह तीसरी नदी बड़ी नदी है और पानी के आयतन के हिसाब से अगर हम बात करें तो यह हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है चनाब नदी पानी के आयतन के हिसाब से लाहौल स्पीति में योचनाला जास्कर चो मिलंग ब्यूलंग और मियार नाला उदयपुर में इस नदी में मिलते हैं ये लाहौल स्पीति हैं ये जो नाले हैं जो इसकी सहायक नदियाँ या आप सहायक नाले कह सकते हैं योचनाला है जास्कर है चो है मिलंग है ब्यूलंग है ये सब के सब जो है उदयपुर के समीप इस नदी में मिलते हैं और छोबिया और कालीछो नाले त्रिलोकीनाथ के समीप चनाब से मिलते हैं छोबिया और कालीछो नाले जो कि त्रिलोकीनाथ के समीप इसमें मिलते हैं चंबा के दाइ ओर पारमार हुंडन, सुरल ये चंबा है चंबा के दाई ओर जो है वो हुंडन, पारमार और सुरल ये सहायक नाले हैं और चंबा के बायो और अगर हम बात करें तो हरसर है दराती है महरू है हर्सर दराती और मेहरू ये चंबा के जो है वो बाई और सहायक नाले हैं चैनी नाला मिनहार के समीप जो है वो इस नदी में मिलता है इस प्रकार चिनाब की सहायक नदियों की अगर संक्षिप्त में बात करें तो लाहौल स्पिति के अंदर जो है योच नाला है जस्कर चो है मिलंग है बिवलंग है मार नाला है छोबिया है कालीचो है और चंबा के अंदर पारमार है हुंडन है सुरल है हरसर है दराती है मेहरू है चैनी है ये अलग अलग जो है वो आपके पास विवरण दिया गया है ताकि आप इसको बड़ी सरलता से याद कर सकें नेक्स्ट है यमुना यमुना का उद्भव उत्तरांचल में स्थित यमुनोत्री हिमखंड के समीप बंदरपूछ नामक चोटी से निकलता है जिसकी ऊंचाई छह हजार मीटर है स्थानीय भाषा में इसे यमुना भी कहते हैं और यमुना शब्द की उत्पत्ति यम से हुई है जिसका अर्थ है जुड़ुआ शायद गंगा के समांतर होने से भी इसे यमुना कहा गया यमुना का उल्लेख ऋग्वेद अथर्वेद ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण और ऐतरे ब्राह्मण में भी मिलता है गंगा की दूसरी सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है हिमाचल में इसका प्रवेश सिरमौर के खोदर मांजरी नामक स्थान पर होता है ये देखिए यमुना यहाँ उत्तरांचल में जो है वो बंदरपूच नामक स्थान से निकलती है जो कि बद्रीनाथ के समीप है यमुनोत्री से और हिमाचल में ये मात्र जो है वो सिरमौर जिले से होकर के बहती है टोंस नदी शिमला और उत्तरांचल के मध्य भी प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती हैं और मीनस नामक स्थान पर सिरमौर में टोंस नदी प्रविष्ट होती हैं बंगाल खड़ है टोंस नदी का साय खड्ड है मीनस के समीप यह भी मिलता है टोंस नदी खोदर माजरी के समीप यमुना से मिलती हैं टॉस, जौसार बाबर और गिरीपार सिरमौर के मध्य प्राकृतिक सीमा रेखा भी बनाती हैं गिरी नदी यमुना की सहायक नदी शिमला के जुबल में स्थित कुपर चोटी से निकलती हैं शिमला और सोलन से गुजरती हुई सिरमौर के मरयोग के समीप मदाल मदोपलसा नामक स्थान पर सिरमौर में प्रवेश करती हैं गिरी नदी सिरमौर और शिमला जिले की प्राकृतिक सीमा रेखा भी जो निर्धारित करती है गिरी नदी सिरमौर को दो बराबर भागों में बांटती है गिरी के उत्तर उत्तरी भाग में गिरीपार और दक्षिण भाग में गिरियार कहा जाता है गिरिपार में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त होने के लिए पिछले सत्तर सालों से हाटी आंदोलन सक्रिय है गिरी नदी पोटा में स्थित रामपुर घाट नामक स्थान पर यमुना से मिलती है बसारी है चेती है घरेली है चंदगावरी है कोकू है देवरी है दसन है पराला है वल्सन है माईपुल है ये आदि गिरी नदी के शिमला और सोलन में सहायक नाले हैं चूड़धार से नोइटपालर और बजेतु गिरी के सहायक नाले हैं दाता नदी सिरमौर में यमुना की सहायक नदी जो कि धाटीधार केोत से निकलती हैं महत्वपूर्ण हैं दाता नदी ही क्यारदादून को दो बराबर भागों में विभाजित करती है अब आप यहाँ मैप में थोड़ा सा देखिए ये जो गिरी नदी है शिमला में यहाँ ये ऊपर पीक से निकल करके सोलन और शिमला को क्रॉस करते हुए सिरमौर को लगभग दो बराबर में भागों में बांटती है सिरमौर के जो उत्तरी भाग है इसमें विशेष करके आपके पास जो है वो गिरिपार क्षेत्र कहा जाता है ये वाला क्षेत्र है और जो दक्षिणी भाग हैं इसको गिरियार के नाम से पुकारा जाता है तो लगभग दो बराबर भागों में जो है गिरी नदी सिरमौर को बाँटती है है, बाता मंडी के समीप मोखिमपुर में यमुना से मिलती है अगर यमुना की सहायक नदियों की हम बात करें तो शिमला में है गिरी जो कि चोटी से निकलती है और सिरमौर में टॉस नदी है जो कि टॉस नदी विशेष करके नेटवार नामक स्थान से उद्भवित होती है सिरमौर में बाता नदी है जो कि सियोरी धाटी धार से निकलती हैं गिरी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो बसारी है चेती है घरेली है चंदगावरी है कोकू है देवरी है दशन है पराला है बलसन है माईपुल है नोइटपालर है बुजेतु है और टॉस की अगर सहायक नदी की बात करें तो बड़ा बंगाल खंड है सेंज है नोएडा है ये जो वो इसकी टोंस की सहायक नदियाँ हैं